हेलो गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मोकिंग कोड तो गाइज आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है गाइज रिलेशनल ऑपरेटर का दूसरा नाम होता है कम्परिजन ऑपरेटर तो so गाइज चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्मोकिंग ऑफ कोड को सब्सक्राइब कर लीजिए तो so गाइज चलिए देखते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर का रिजोल्यूशन रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ ऑपरेट टू प्रोड्यूस ए लॉजिकल वैल्यू ए लॉजिकल वैल्यू इधर ट्रू और फॉल्स तो गाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हमारा होता है ये हमारे दो नंबर्स के बीच को के कंपेरिजन करने का प्रयोग करते हैं मतलब गाई जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होता है ना हम इसको हम जैसे कि हमारा दो नंबर हम उसके बीच में हमें कुछ कंपेरिजन करके हमें कुछ उसका आउटपुट फाइंड करना हम उसके लिए करते हैं तो गाय जो हम दो नंबर का कंपेरिजन करने के बाद हमें जो इसका आउटपुट फाइंड होता है वो ट्रू और फाइल्स में होता है तो गाइज देखिए हमारे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स ये होते हैं जिसको हमने यहाँ एक चार्ट के रूप में मैंसन कर रखा है जो हमारा फर्स्ट होता है लेस देन ऑपरेटर होता है जो सेकेंड होता है ग्रेटर देन ऑपरेटर होता है जो थर्ड होता है लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर होता है जो हमारा फोर्थ होता है ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर होता है और जो हमारा फिफ्थ होता है इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर होता है और हमारा जो सिक्स्थ होता है ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है तो गाइज हम चलिए इसके एक करके इसके एग्जाम्पल को हम अपने कोर्ट में जानेंगे गाइज अब हम इसको अपने कोर्ट में देखेंगे तब तो आपको अच्छा से और अधिक समझ में आएगा तो गाइज हम इसको कोड में देखने के लिए हम फटाफट से अपने रेपलेट को ओपन कर लेते हैं तो गाइस हम चलिए हम अपने क्रोम ब्राउजर में आ गए हैं और हम यहाँ पर अपने रेपलेट को ओपन कर लेते हैं तो गाइस चलिए हम यहाँ पर अपने पाइथन प्रोग्राम को दिखते हैं सबसे पहला हमारा था ग्रेटर देन ऑपरेटर तो गाइस हम उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम उसके ये उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम दो वेरिएबल बनाएंगे और दोनों वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन कराएंगे गाइस जैसे कि मैंने यहाँ दो वेरिएबल एक वेरिएबल ए बना लिया और हम जिसमें एक इन टाइप का वैल्यू के असाइन करा लेते हैं उसके बाद से गाइस हम अपना दूसरा वेरिएबल बी बनाते हैं और हम जिसमें अपना इन टाइप का वैल्यू फाइव असाइन करा लेते हैं और गाइज अब हमें यहाँ देखना है सबसे पहले क्या होता है जो चार्ट में हमारा सबसे पहले था हमारा Less than operator तो guys less than operator चलिए हम आपको इसको कोड में समझाते हैं तो guys जैसे कि मैंने इसको प्रिंट फंक्शन का क्योंकि हमें output देखना है तो हमें प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा गाइज अब हम अब हमें यहाँ चेक करना है लेस देन ऑपरेटर कैसे काम करता है गाइज इसका मतलब ये हुआ कि मतलब हमें यहाँ अपने एक्सप्रेशन में ये लिखना है कि मतलब जो हमारा ए हो ऐ है क्या वो हमारे b से छोटा है इसका मतलब ये हुआ मतलब कि जो हमारा a वाला वेरिएबल है ये क्या ये हमारे b वाले वेरिएबल से छोटा है तो गाइस चलिए हम इसका आउटपुट देखते हैं सबसे पहले तो गाइस इसका आउटपुट हमें यहाँ फ़ाल्स मिलने वाला है क्योंकि नहीं जो हमारा a वाला वेरिएबल है ये हमारे ये हमारे जो हमारा ये ए वाला वेरिएबल है ये हमारे बी वाले वेरिएबल से छोटा नहीं है क्योंकि ए में जो हमने असाइन कराया है टेन असाइन कराया और बी में हमने असाइन कराया है फाइव तो गाइज तो ये हमारा जो इसका आउटपुट आया फॉल्स आएगा मतलब कि गाइज अगर हमारा एंडस गलत हो तो ये हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा गाइज अब हम चलिए अगला जानते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर के बारे में तो गाइज ग्रेटर देन ऑपरेटर को जानने से पहले हम सबसे पहले अपने स्क्रीन को क्लियर करते हैं क्लियर कर जैसे गाइज मैंने क्लियर कर लिया अब हम जानेंगे ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या होता है हमारे पाइथन प्रोग्राम में गाइस so ये जो था हमारा लेस्ट देन ऑपरेटर था अब हम ग्रेटर देन ऑपरेटर के बारे में जानेंगे तो गाइस वेरिएबल तो हमारे यही रहेंगे बस हम इसमें अपने ग्रेटर देन ऑपरेटर को इससे चेक कर लेंगे तो so गाइस हम उसके लिए फिर से दोबारा प्रिंट फंक्शन को लिखेंगे और प्रिंट फंक्शन को लिखने के बाद से हम फिर अपने वेरिएबल ए और ग्रेटर देन बी मतलब गाइज इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ एक एक्सप्रेशन दे रहे क्या हमारा ए वेरिएबल वेरिएबल बी से बड़ा है या नहीं तो गाय चलिए इसका आउटपुट देखते हैं क्या ये सही है या गलत तो गाइज इसका आउटपुट यहाँ ट्रू आ चुका है हाँ तो गाइज इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वेरिएबल ए है वो हमारे वेरिएबल फाइव से बड़ा है तो गाइज ये होता है हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर अब गाइज हमारा जो थर्ड होता है चलिए हम देखते हैं थर्ड हमारे चार्ट में क्या था गाइज जो हमारा थर्ड होता है लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर गाइज लेस इक्वल टू ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि या तो हमारा जो ये वेरिएबल दिया है जो मतलब सबसे पहले हम इसको अपने प्रिंट फंक्शन में लिखते हैं उसके बाद समझते हैं गाइज मैंने इसको अपने प्रिंट फंक्शन में लिख लिया है और लिखने के बाद देखिए गाइज मैंने यहाँ का सिंबल भी लिख लिया है ए लेस देन इक्वल टू बी मतलब गाइज इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ए वेरिएबल है क्या ये बी से छोटा है या उसके बराबर है मतलब हम यहाँ एक्सप्रेशन में ये पूछा जा रहा है कि क्या जो हमारा ए वाला वेरिएबल है मतलब ए में जो हमारा डेटा असाइन है क्या वो बी वाले में असाइन डेटा से छोटा है या बड़ा है या बराबर है सॉरी तो गाइस चलिए हम इसको चेक करते हैं क्या ये ए हमारा जो वेरिएबल है या तो बी से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए तब ये हमारा ट्रू ट्रू रिटर्न करेगा आउटपुट में अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो गाय चलिए देखते हमारा इसका आउटपुट क्या आता है तो गायज इसका आउटपुट यहाँ फॉल्स आ चुका है तो गाय जी जो हमारा ये ए में जो वेरिएबल वे ए नाम के वेरिएबल में जो डेटा आसाइन है वो हमारे बी वाले वेरिएबल से ना तो छोटा है ना उसके बराबर है अब गाइज हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा है ग्रेटर टू जैसे कि जी जी जी जी जी जी चार्ट में देख लीजिए जो हमारा फोर्थ वाला है ये हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू का सिंबल है तो गाइज चलिए हम इसका देखते हैं प्रेक्टिकल तो गाइज हम इसको दोबारा से फिर से प्रम फंक्शन के अंदर लिख लेते हैं और हम यहाँ देखते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू और हम कौन सा वेरिएबल तो ए, ए वाला जो वेरिएबल है हमारा वो हमारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी वाले वेरिएबल्स है या नहीं गाइज मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वेरिएबल ए है क्या ये ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है बी से मतलब कि क्या ये बी से बड़ा है या उसके बराबर है तो गाइज अगर हमारा जो ए वेरिएबल बी से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा तो हमारा ट्रू रिटर्न करके आएगा आउटपुट में अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो चलिए देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट क्या होता है तो गाइज यहाँ पर इसका आउटपुट ट्रू आ चुका है तो हाँ यहाँ पे जो हमारा ए वाला वेरिएबल है ये हमारे वेरिएबल बी के में असाइन डेटा से बड़ा है तो गाइस इसीलिए इसका आउटपुट हमारा यहाँ पे ट्रू आया अब गाइस हम चलिए अगला देखते हैं अगलाटर है? तो गाय जिसका मतलब ये हुआ चलिए सबसे पहले हम इसको कोड में समझेंगे तो हम यहाँ पेक्शन को दोबारा से लिख लिया है और हम यहाँ पे ए और इक्वल टू का सिम्बल लिख लिया है गाइस मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ए वाला वेरिएबल है क्या वो हमारे बी वाले वेरिएबल के बराबर है अगर गाइस ये बराबर होगा तो इसका जो हमारा आंसर मतलब आउटपुट होगा वो ट्रू आएगा अदरवाइज ये फॉल्स लिख के आएगा तो गाइस चलिए देखते हैं कि क्या हमारा इसका आउटपुट होता है तो गाइज इसका आउटपुट यहाँ पर फॉल्स आ चुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ए में डेटा असाइन है वो हमारे बी में असाइन डेटा के बराबर नहीं है गाइज चलिए अब हम अपना थर्ड देखते हैं कि थर्ड हमारा क्या है तो गाइस थर्ड को हम किसी प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख लेंगे और थर्ड हमारा देखते हैं हमारे चार्ट में जाके क्या है तो गाइस हमारा थर्ड है जो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है तो गाइस चलिए हम देखते हैं कि हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है तो गाइस हम सबसे पहले नॉट इक्वल टू का सिंबल लिखते हैं नॉट इक्वल टू उसके बाद बी मतलब गाइज इसका मतलब ये हुआ कि क्या हमारा एक वाला एक जो वेरिएबल है वो बी वाले वेरिएबल के बराबर नहीं है तो गाइज अगर ये ए जो हमारा है अगर बी के बराबर नहीं होगा तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा अगर होगा तो वो हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है तो गैज यहाँ पर इसका आउटपुट ट्रू आ चुका है मतलब कि जो हमारा ये वेरिएबल ए में आसाइन है वो हमारे बी के वेरिएबल से बराबर नहीं है तो गैज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही तो गैज आज की वीडियो में हमने जाना कि हमारा रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है अब गैज अब हम मैं इस वीडियो का पीडी हम गाइस हमने इस वीडियो में जितने भी चीज़ पढ़ा उसका हमें पीडीएफ पीडीएफ हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू